नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर सला टेक में ऑली टेक नो फेक आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं अगर आप अपने मोबाइल में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो हैकर तो क्या हैकर का है बाप भी आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ की टू स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है मान लिया जाए आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी थर्ड पर्सन को मालूम है और वह किसी दूसरे मोबाइल में उसे एक्सेस करने की सोच रहा है तो जैसे ही आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड वो किसी दूसरे मोबाइल में इंटर करेगा आपके मोबाइल पर एक ओ आएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या आप इसे परमिशन देते हैं अगर आप जैसे ही यश yes कर देंगे तो आपका काम हो गया आपका अकाउंट हैक हो जाएगा आपको क्या करना है सिंपली नो कर देना है और पासवर्ड को चेंज कर देना है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली कर करके दिखाता हूँ कि टू स्टेप स्टेपिफिकेशन को कैसे आप अपने मोबाइल में एक्टिव कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सिंपली अपना जीमेल एप्स ओपन कर लेना है प्रोफाइल पे क्लिक करना है यहाँ आपको मैनेज और गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है अगर आपके मोबाइल में जीमेल मेल ऐप्स नहीं है तो आपको सिंपली मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है वहाँ पे सर्च करना है गूगल आप देख सकते हैं यहाँ भी जो है आपको मैनेज और गूगल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप यहाँ से भी अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं तो चलिए अपना जी मेल ओपन कर लेते हैं मैनेजी और गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा सिम्पली उस पर क्लिक करना है आप देख सकते हैं सिंपली आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा सिंपली नीचे जाना है यहाँ पे आपको टू स्टेप वेरीफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा सिंपली इस पे क्लिक कर देना है अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा सिंपली जो है हमें गेट स्टार्टेड कर देना है सिंपली यहाँ पासवर्ड इंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं तो चलिए पासवर्ड इंटर कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमने पासवर्ड एंटर कर लिया है चलिए अब नेक्स्ट कर देते हैं पासवर्ड इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा यहाँ पे सिंपली हमें कंटिन्यू कर देना है यहाँ पे बोला जा रहा है यदि आपका मोबाइल चोरी हो गया या लॉस हो गया तो आप अपने अकाउंट को जो है किस मोबाइल नंबर के जरिए बैकअप करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर देना है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कोड जो है मैसेज के थ्रू चाहते हैं या कॉल के थ्रू चाहते हैं चलिए मैसेज के थ्रू करके सेंड कर देते हैं सिंपली आपके मोबाइल नंबर पे जो कोड आया है उसे यहाँ पे इंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन करने के लिए कहा जा रहा है चलिए टू स्टेप वेरीफिकेशन को टर्न ऑन कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमारा टू स्टेप वेरीफिकेशन टर्न ऑन हो चुका है किस डेट में ऑन हुआ वो भी दिया गया है आप चाहे तो यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकते हैं तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप समझ गए होंगे अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो जाइए अपने मोबाइल में टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कीजिए और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चाहते हैं कि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तोलेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत